वेलकम बैक गाइज इन अनदर वीडियो आज इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ नाइटन पैक फॉर माइंड क्राफ्ट पी ई फॉर रेंट एड्रैगन गाइज जिस गाइज में लेकर आ चुका हूँ रेंट ड्रैगन के लिए ही नाइट विजन पैक फॉर वन यस भाई, भाई अब तक बहुत सारे बंदे ने अपलोड किए वीडियो लेकिन भाई इसमें मुझे वे ग्लासेज अच्छे नहीं लगते भाई ग्लासेज की वजह से मुझे थोड़ा अजीब लगता है ये आपको हर टाइम मिला रहेगा यस नो ग्लासेस भाई इतना ज़्यादा कूल है आप एक बार ट्राई करो और और भाई हम लोग कर रहे हैं टेन डेज तक लगातार वीडियो भाई आपको अगले दस दिनों तक लगातार वीडियो देखने को मिलेंगी तो इसी बात पे लाइक कर देना चैनल को नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना 100 सब्सक्राइबर की तरफ को बढ़ रहे हैं जल्द से कर देना और ये है डे वन सो या गाई जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ को और हाँ लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोज में लाता रहूँगा अगले दस दिन तक और दस दिन के बाद मैं तीन चार दिन का गैप लूँगा उसके बाद वीडियो अपलोड करूँगा अगर ये चैलेंज जब कर पाया तो भाई आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ज़रूर से सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मुझे 200 सब्सक्राइबर दिखाने होंगे मैं 100 तो हो नहीं है भाई किसी ना किसी आप करना भाई चाचा के फ़ोन से करो मम्मी के फ़ोन से करो पापा के फ़ोन से करो मुझे नहीं पता बस हो जाना चाहिए सब्सक्राइब अब चलते वीडियो की तरफ को लाइट तो भाई जीरो पैक जो हमें नाइट विजन का है ये आपको बिहेवियर पैक्स में देखने को मिलेगा तो इसे कर देना इससे आपके अचीवमेंट्स ऑफ होंगी कोई बात नहीं भाई साहब अचीवमेंट होगी ऑफ तो हो जान दो <laughs> अब भाई इसे बिहेवियर पैक में लगाने के बाद रिसोर्स पैक में तो ये मिलेगा नहीं अब चलते गेम में तो गाइज हम आ गए गेम में और अभी डे हो रहा है तो अभी किसी को पता तो नहीं चलेगा भाई नाइट विजन है लेकिन हमारे पास लग रखी है ये देखो आपको देख रखो मिल रखा ये नाइट विजन का पैक हमें लग रखा है देखो इतनी ज़्यादा मिनट्स है ना भाई कभी ख़त्म नहीं होगा और ये अनलिमिटेड है भाई लाइट नाइट विज़न का लगा रहेगा और आपको पोषण की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अभी तो डे का वक्त है अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा तो गाइज अभी हम आ गए हैं केव में और भाई केव में अंधेरा बिल्कुल भी नहीं है और आप मैं रात करके दिखा दिए भाई रात के समय पर कितना ज़्यादा अंधेरा होता है आप देख सकते हो और कितना ज़्यादा उजाला है भाई ऐसा लग रहा है दिन हो रखा है लेकिन भाई ये रात हो रखी है भाई लग रहा है कि हाथों रखे अब चलते हैं भाई अपने डाउनलोड प्रोसेस की तरफ अब आपको दिखाते हैं गाइज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी आप इस पेज पर आ जाना आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है नीचे जाना और थोड़े से देख लेना है भाई और यहाँ पर जाने के बाद आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर नाइट वीजन आपको मिल जाएगा और देख लेना भाई माइंड के वर्जनस और भाई इस पर हर जो लिखा होगा इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक कर दोगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको बोलेगा क्लिक हेर टू कंटिन्यू आपको फिर से इस पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे आपका एक साइट लोड होने लगेगी अब वो है लिंक वर्टाइज आप तो काज लोड हो चुका है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नीचे थोड़ा फ्री एक्सेस अब मैंने यहाँ पे एड्स के साथ कर लिया है आपको एक पेज ओपन होगा आपको जो भी चीज़ें बताएगा वो कर लेनी है मैंने तो कर लिया इस वजह से मुझे बता नहीं रहा है और जैसे आप कर लोगे उसे कंटिन्यू कर देना और आप मीडिया फायर के पेज पे ओपन हो जाओगे अपने आप ही रिडायरेक्ट हो जाओगे मेडाफायर के लिंक पे और भाई यहाँ से आपको आगे का पता ही होगा भाई इस पर क्लिक कर देना और आपका डाउनलोड होने लगेगा और तो गाइज आज के वाली वीडियो में इतना ही था अच्छी लगी होगी ये वाले वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिएगा चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कीजिएगा जल्द से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसी ही लगातार आने वाली हैं दस दिन तक यस आज डे फर्स्ट था कल को आएगा भाई आठ बजे आएगा करो रोज वीडियो तो यार देख लिया करो और लाइक भी कर लिया करो वीडियो को इस वीडियो को लाइक के मैं फाइव लाइक का तो जल्दी से कर देना और चे -चे कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना शेयर कर देना वीडियो को और अपने दोस्तों को दिखाना आपके दोस्तों को यूजफुल आएगी ये वीडियो के भाई अपने लगा सकते हैं यार अपने सर्वर वगैरह जो भी खेलते हो आप मल्टीप्लेयर वगैरह सब में काम कर जाएगा नाइट विजन पैक और मैं ऐसे ही पैक्स वगैरह की वीडियोज लाते रहूंगा तो इसी बात पे एक लाइक कर दो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना तो या तो आज बॉलीवुड में इतने ही, मिलते तो तकली